क्रिकेट के दौरान अगर आप डर रहे हो आपके अंदर फ़ियर है तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाओगे अच्छा बॉलर नहीं बन पाओगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अपने अंदर से फ़ियर कैसे भगाते हैं इसके बारे में बात करेंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो बैलान को तो दबाओ जिससे क्रिकेट की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए फियर दोस्तों आपके अंदर अगर फियर है तो आप अच्छी तरीके से बैटिंग कर नहीं पाओगे अच्छी तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाओगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और कम बोलों में आप आउट हो जाओगे घबराहट के वजह से दोस्तों इसका एक ही बात है फ़ियर किस तरीके से आता है फ़ियर या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है प्रजेंट में कभी नहीं होता है एक बात याद रखना जिंदगी में दोस्तों फिर फ्यूचर में होता है और पास्ट में होता है प्रेजेंट में नहीं होता है अगर आप फ्यूचर की बारे में सोच रहे हो कि भाई Uh, um, सामने वाला बॉलर कौन आएगा ये क्या किस तरीके से बॉलिंग करेगा ये सब प्लान कर रहे हो तो आपके अंदर अंदर फेयर पैदा होगा फास्ट आप पिछली गेम को याद करेंगे यार uh, मेरी गेम अच्छी नहीं थी इस गेम को अच्छा करना है अभी अच्छा परफॉर्म करना है फिर भी आपको फेयर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा प्रेजेंट में रहो जब भी आप बैटिंग कर रहे हो तो सब दिमाग में सिर्फ आपको दो ही चीज़ें सेट करनी चाहिए एक सबसे पहले आपको बॉल दिखनी चाहिए सिर्फ बॉल कोई भी फील्डर नहीं देखना चाहिए कोई भी बैशन जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है वो नहीं दिखना चाहिए बॉलर नहीं दिखना चाहिए अंपायर नहीं दिखना चाहिए ऑडियंस नहीं दिखनी चाहिए सिर्फ आपको बॉल दिखना चाहिए एक बात याद रखे दोस्तों डर जब हमें भगाना है तो आप, आप अंदर, अंदर अंदर मन में यानी कि मन में कुछ बोले कुछ आप ऐसा कुछ ऐसा बोले जो आपको अच्छा लग रहा हो वो बोले आपका डर आपसे निकल जाएगा जब आप स्क्रीज में होते हो तो कोई भी कोच की बातें ना सुने कोई भी फील्ड जो नॉन स्ट्राइकर की बात है उसकी बातें ना सुने आपके कैप्टन की भी बात ना सुने सिर्फ आपकी दिल की सुने आप आप अपने आप से बातें करें कि मुझे सिर्फ बॉल को हिट करना है परफेक्ट जगह पे परफेक्ट शॉट्स बनाने हैं परफेक्ट रन बनाने हैं ज्यादा से ज़्यादा बस यही सोचना चाहिए आपको तभी आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा तो दोस्तों फर्क एक ही बात मैं बोलूँ आपको डर भगाना है जो अंदर है अंदर आप चीखे ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पे चीखे हैं आपको अपने आप पर चीखना है अंदर कि मुझे परफॉर्म करना ही है मुझे एक बॉल को हिट करना ही है कोई भी बॉलर हो चाहे वो कितना ही घातक हो कितना भी रफ्तार वाला हो कोई भी स्टेट का हो कोई भी लेवल का हो उसे सिर्फ चौका और छक्का लगाना ही है बस अपने आप से बोलो मन में बोलना है दोस्तों ग्राउंड पे चिल्ला के नहीं बोलना है तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप अपना फियर लगा पाओगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें आगे के इस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं साथ में लाइक दबाएं और जुड़े दबाए, रहें थैंक यू वेरी मच